हेलो फ्रेंड हाय मिस्टर इंडिया चेंज इज लाइव चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि समय का सही उपयोग और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें तो आप इस वीडियो में बने रहें फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है इसलिए आपका कुछ ही सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करने में ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति कहता है की मेरे पास समय नहीं है तो मेरे पास समय नहीं है मैं इतना ज्यादा काम कैसे कर पाऊंगा यह काम इतना सारा है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यह पूरा काम कैसे कर रहे तो किसके पास समय नहीं है फ्रेंड सबको समय मिला है एक बराबर जिसमें 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात है कोई कहता है कि हमको समय ज्यादा मिला है इसलिए आज मैं सफल हूं। या कोई कहता है की हमको समय कम मिला इसलिए आज मैं असफल हूँ अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर बताए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने समय का सही उपयोग करके अपना पूरा काम कर लेंगे इसके लिए आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा सबसे पहले आप यह सोचें कि सबसे जरूरी काम कौन सा है और उसके बाद पहले उस काम को पूरा कर लें उसके बाद ही कोई दूसरा काम करें और काम करते समय आप यह ना सोचें कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है बस आप अपने काम पर ध्यान दें आप जितना ज़्यादा काम के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा काम आपको ध्यान में आएगा तभी आपका काम जल्दी से जल्दी खत्म होगा और वह सारे काम खत्म हो जाएगा जो जो काम आप करना चाहते हैं फिर आप समय से पहले काम करके सोचेंगे तो आप समय से पहले काम करके आप बहुत खुश होंगे जिस कारण आपको समझ में आ जाएगा कि समय का यूज कैसे करना है उसके बाद आप किसी भी काम को समय पर और समय को सही उपयोग करके काम को पूरा करेंगे क्योंकि हर व्यक्ति को चौबीस घंटा मिला है इसी में से कोई आगे बढ़ जाता है और कोई पीछे रह जाता है ना किसी को ज्यादा समय मिला है और ना किसी को कम समय मिला है कुछ लोग सफल बनने के लिए समय का सही उपयोग करता है तो कुछ लोग समय को काटने के लिए समय का यूज करता है बस यही एक फर्क है जो सफल व्यक्ति में और असफल व्यक्ति में है क्योंकि समय आपके पास में है न की समय के पास में आप है इसलिए आज अगर आप समय को बचा लिए तो समय आपको एक दिन बचाएगा या समय को आज आप बर्बाद कर रहे हैं तो समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा इसलिए समय के साथ अच्छा कीजिए तो आप समय आपके भी साथ अच्छा करेगा अब सोचना आपको है कि समय को कैसे मैनेजमेंट करें और अपना समय कैसे निकालें ओके फ्रेंड थैंक यू बेस्ट ऑफ लक